मैदान में तो से हैरान तू अब चांदू तेरी जान से आया तो परेशान तू घर तू तो टिकना असंभव तो सब सौ से लड़ लूंगा जल्दी से टाल तू ले रनिंग फटाफट उठा सटा थट जितना भी बंदूक मिले भर ले लेकर कोई अचानक से प्रकट तो हाथ में ना कुछ भर दे मुझके घबरात चामल तक खेले दोस्तों बस साथ में खेले के लगे लाशों पे खेले अब लगा ले लगा ले अजीब से, से लगा है कोई करीब से अजीब से बरिश्ते होते हैं है मारे तेरी बहुत कोई कोई रिवाइव करे तो मी माई से पक्ष कर दूंगा खाली कर दूंगा लोहा अंदर तेरे पूरा भर दूंगा मैं करूंगा ऐसा काम कर दूंगा हल्क जाम चढ़ लिया तुझे तेरा होगा अब काम तमाम कर लंग देगा लंगड़े का भरकेगा मुझ परम नहीं छो ब There can only be one winner. Let's go. Shukruman ye to bande mein se main kitne mere jaise par sab ka ek pe maine mere sher sabse alag main to hacker तो फिर उसका भी गेम है भाई अब तू समझ जा रहेगा मैरे तेरी कहकर तू सहकर भी बनना चाहता उनसे बेहतर है झूठ तो तो से प्रेरित लेता मेरी बात फिर मन चाह छोड़ कर मन का चल पड़ा रोड पर कम न होता कम हो बनना हो गंदा हो नंगा हो निकल कर गंदा गुन मत पुछा कर कर तू बनाकर सच छुपाकर मत क्यों बराबर अपनी जगह पर अपने आप से कर दी खुद के बाप कर दिए शरारत अपना बाप चल दिया जहाँ पर अपन बाप कर दिए पाप अब साफ कलम से लिखी विरासत